हेलो हेलो हेलो क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा हर वक्त क्यों सोचते रहें कि बुरा होगा हर वक्त क्यों सोचते रहें कि बुरा होगा बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम कुछ ना मिला तो क्या तजुर्बा तो नया होगा नमस्कार साथियों मैं राजकुमार आप सभी का आपके अपने चैनल पीवीआर स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है बिल्कुल आप सुनने बटा सन्नाटा एकदम तो आज से आप ये टेंशन हमारे कॉपड़ी पर रख दीजिए और टेंशन फ्री होकर के पढ़ाई शुरू कर दीजिए क्योंकि यहां पर हम बिल्कुल जीरो लेवल से मैथमेटिक्स सिखाते हैं एकदम सुनने से आप ये समझ लीजिए अठारह से लेकर के अड़तालीस साल के कैंडिडेट हमारे यहाँ जुड़े हैं सिर्फ बेसिक मैथ सीखने के लिए और इसमें कभी कभी ये उम्र का जो लेवल है और बढ़ जाता है तो पचास पचपन साल तक के कुछ दादा लोग भी सिखाते हैं अपने नाती पोता को वो भी जुड़ते हैं हमारे साथ तो आप इस बात से तो बिल्कुल मुक्त हो जाइए कि आपको मैथ नहीं आती है आपकी टेंशन है इसे छोड़ दीजिए और अगर मुक्त हो गए हैं तो जल्दी से सेशन को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगाइए कि हाँ आप जुड़ गए हैं आज आपका लाइव नंबर टेन है इसको मैं शुरू करने के पहले एक छोटा सा सवाल पूछूंगा आपसे जैसा कि क्लास का नाम बेसिक मैथ जीरो लेवल है तो उसी बेस पर मैं पूछ रहा हूं एकदम छोटा सा बताइएगा नौ बटा पच्चीस को परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आएगा जल्दी से हर कोई जवाब देगा मैं यही चाहता हूं फटाफट इसको आप परसेंटेज में चेंज करके बताओ मुझे इस क्लास का नाम है मैथ्स आसान है अब इसमें मैं कुछ नया करने वाला हूं अब तक जो घीसी पटी चीजें चल रही थी अब उनमें थोड़ा बदलाव होगा बेहतरीन ठीक है भाई लोग मस्त है ना सब कुछ शेरों अंशरियों सब ठीक है ना बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है बस लगे रहना है आप सुनिए क्या करने वाले हम लोग आ, वीडियो तो एकदम स्मूथली चल रहा है ना भाई कोई लफड़ा तो नहीं हो रहा ना बीच में मिली सोनम गुप्ता आकाश कुमार ओके वेरी गुड तो आज आपका जो टॉपिक होगा वो एक नया टॉपिक है नया टॉपिक है जिसका नाम है वाणिज्य गणित यानी अगर हम आपकी भाषा में बात करें तो अनुपात अगर हम ऊपर वाणिज्य गणित लिखेंगे तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे आप जानिए कि रेशियो यानी अनुपात आज आप पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से बहुत कम लोगों को मालूम होगा रेशियो क्या होता है इनके बारे में कुछ चीजें तो बहुत सिंपल है जो भाग हम लोग करते हैं ना उसी की एक दूसरी रूप या उसी की एक दूसरी भाषा रेशियो होती है देखिए समझिए जैसे अगर मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा फर्स्ट एकदम बहुत ही सिंपल सा है जरा नजर दौड़ाइएगा और मैंने कहा कि ये क्या है भाई साहब थ्री रेशियो फोर तो क्या आप जानते हैं इसे हम इनमें से कैसे लिख सकते हैं पहला ऑप्शन है तीन गुड़ा चार दूसरा तीन माइनस चार तीसरा तीन बटा चार और चौथा है चार बटा तीन जवाब दीजिए इस रेशियो को हम इनमें से किस तरह से लिख सकते हैं भैया नजर नहीं लगाइएगा कोई हम बताओ नोब गेमर शिवानी कौशल शर्मा जी पारस बोलिए वीडियो चल रहा है ना क्लियरली हम सुनिए देखिए सिंपल सा बात है इसको हम डिवीजन ही होता है एक प्रकार से हाँ आंचल पटेल विशाल बहुत अच्छे वेरी गुड इसे हम ऐसे लिख सकता हूं थ्री एफ फोर ये रेसियो का मतलब यही होता है बस इतना आप समझ लीजिए लेकिन एक चीज और समझिएगा कहीं कहीं अगर हम कहें कि दो राशियों को अनुपात में बदलना है तो वो एक ही मतलब लेबल की होनी चाहिए समझ रहे हो मेरा मतलब समझो एग्जांपल से ऐसे नहीं समझ में आएगा जैसे कहते हैं ना शेर की जोड़ी बकरी के साथ नहीं लगा सकते हो नहीं तो चबाया जाएगा उसको हाँ बकरी की जोड़ी भेड़ के साथ लगा दोगे चलेगा तो यहां पे समझिए जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि भैया हो बाबू हो आ, वो क्या है सुनो दो मीटर का दो मीटर का सौ सेंटीमीटर से अनुपात बताइए तो इसका आप लोगों में से कितने लोग बता लेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज चल रहा है ये नहीं बता पाएंगे तो हाथ खड़ा कर दीजिए कि नहीं बता पाएंगे बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए मैं बताऊंगा रेशियो को अनुपात बोलते हैं चाचा अनुपात अनुपात बोलते हैं हमारी कोशिश है कि हर किसी को मैथमेटिक्स आनी चाहिए हर किसी को मैथमेटिक्स आनी चाहिए ठीक है गणित हर किसी को आनी चाहिए देखिए अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में लेकिन थोड़ा सा रुक के अभी क्योंकि वो थोड़ा दमदार टॉपिक है उस पर थोड़ा रुकेंगे अभी चलने पहले पहले इधर आ जाओ थोड़ा और घिसा पीटा काम कर लीजिए तब हाँ दो का पांच से अगर हम रेशियो निकालने को कहें तो आप लोग निकाल लेंगे दो का पांच से रेशियो ज्ञात कीजिए दो का पांच से रेशियो भाई सिंपल सी बात है मैंने कहा कि दो का पांच से अनुपात अनुपात ज्ञात कीजिए मतलब रेशियो तो इसे आप सिंपल में दो अनुपात पांच ऐसे लिख दोगे बस और कुछ नहीं करना है देखिए समझने वाला चीज ये है मैं इस पे बात करता हूं सुनिए कह रहा कि दो मीटर का सौ सेंटीमीटर से अनुपात ज्ञात कीजिए इसमें तो पहली बात आपको कुछ सामान्य ज्ञान भी आना चाहिए अब ज्ञान मीटर, मीटर अगर आपको यही नहीं पता तब भी एक है। कुछ मुझे लग रहा वीडियो नहीं चल रहा है क्या दो मीटर का सौ सेंटीमीटर से अनुपात क्या पहली बात आपको कुछ, कुछ इरार आ रहा है यार चलो बताता हूँ देखो भाई सुनो क्यूंकि यहाँ पर इसका हल और सोल्यूशन में आ जाओ। ये या तो मीटर में हो दोनों या सेंटीमीटर में हो तभी आप इनका अनुपात निकाल सकते हो इस बात को अपने कॉपड़ी में याद रखना ऐसा नहीं कि ये मीटर में है ये सेंटीमीटर में है इनका रेशियो निकाल दोगे नहीं ऐसा नहीं होगा बिल्कुल अभी देखे हो किसी अरब का रिलेशन किसी रिक्शा वाले से हो नहीं ना थोड़ा लेबल होना चाहिए वो लेबल यहाँ हम लोग मैंटेनेंस करेंगे आइए देखिए कैसे एक मीटर बराबर सौ सेंटीमीटर होता है इसलिए दो मीटर बराबर दो सौ सेंटीमीटर यानी अब मोटा मोटा अगर सीधा सीधा बोलें तो दो सौ सेंटीमीटर का सौ सेंटीमीटर से रेशियो करना है ठीक है भैया तो कुल मिला ये हो जाएगा दो सौ सेंटीमीटर का सौ से रेशियो और ये ऐसे आंसर नहीं लिखा दिया जाता जैसे लिखा है इनको अंतिम सांस तक सरल करते हैं जब ये सरल होना बंद हो जाए तब वो आंसर होता है यानी इनको चुपके से कहीं साइड में ले चलो ये अभी बताया था ना अनुपात का मतलब यही होता है इनके सुनना से सुनना कट जाएंगे ऊपर नीचे दो बटा एक आएगा यानी फाइनल में कह सकते हो कि टू अनुपात एक ये इसका आंसर है दो पांच कोई बता रहा है क्यों भाई अच्छा इसका था ठीक है अभी समझ गए ना पक्का एकदम अच्छे समझ गए क्यों इसमें क्या मुसीबत आ रही स्ट्रीमिंग इज नॉट अच्छा एक बात मुझे बता दीजिए आप लोग क्या वीडियो एकदम बढ़िया चल रहा है बफरिंग तो नहीं हो रहा ना भैया अगर बफरिंग हो रहा तो आप लोग लिखिए यस आगे बढ़े चलो ये हो गया अच्छा एक चीज और बताओ अगर मैं यहीं पर भैया हो दो मीटर की जगह पे एक मीटर लिख देता और 100 सेंटीमीटर तब क्या होता जवाब दीजिए एक मीटर का 100 सेंटीमीटर से रेशियो निकालते तो कितना आता हमारी कोशिश है कि मैथमेटिक्स हर किसी को आनी चाहिए इसलिए मैंने ये मुहिम चलाया है और आज लाखों दर्शक बताते हुए खुशी हो रही कि वो मैथमेटिक्स सीख करके जिंदगी में काफी कुछ पा चुके हैं और कुछ अभी पाने की कोशिश में हैं ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं जो लोग रोते रहते हैं एकदम जिंदगी से निराश है मैथ की वजह से मैं दिखाऊंगा फंडे को आपको इकट्ठा करा रहा हूँ डाटा अभी WhatsApp पे ईमेल पे हमारी कोशिश होगी किसी की पर्सनल कोई बात उसमें नहीं होगी लेकिन मैं एक डेमो दिखाऊंगा कि आप लोग समझें कैसे लोगों को तकलीफ होती मैथ आने की वजह से विशेष रूप से जब उम्र ज्यादा हो जाए तब सबसे पहला जवाब आया है भाई इसमें मैं उनका नाम बोलने के बाद आगे बढ़ूँगा बहुत अच्छे वेरी गुड राकेश गलत है सबसे पहला सही जवाब है उनका नाम है राकेश का ये भी है राकेश कुमार ठीक है राकेश कुमार अच्छी बात है ओके तो क्वेश्चन नंबर ये आपका चार बार रहा होगा जो भी चलो पांच नंबर ले लो आप जानते हो कि नहीं तीन केजी का तीन केजी का पांच सौ ग्राम से बताओ इनका अनुपात तीन केजी का पांच सौ ग्राम से रेशियो कितना होगा बताइए जवाब दीजिए रेनू चौधरी दीक्षा शर्मा जी गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग लेकिन आप आंसर पे ध्यान दीजिए इनका रेशियो क्या होगा अनुपात फटाफट कोशिश करिए मैं इधर एक क्वेश्चन लिखने के बाद इसका सलूशन करूंगा आइए देखिए थोड़ा सा आज टाइम भी बहुत कम है इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐप में अभी एक नई बैच लॉन्च हुई है तो उसके लिए मुझे बहुत कुछ कंटेंट बनाने हैं इसलिए ये क्लास बहुत छोटी चलेगी अगर आप लोग चाहें तो भी उस बैच में इनरोल कर सकते हैं पी स्टडी एप डाउनलोड करके दोनम का आंसर सबसे पहले आया है और गौतम पटेल दूसरे नंबर पर है ठीक है नंबर टॉपिक बदला जाए ना कुछ अलग टाइप में चलें एक आयताकार खेत की लंबाई उनतीस मीटर है तथा चौड़ाई पच्चीस मीटर है तो इनका अनुपात क्या होगा बताइए एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई चलो तीस मीटर ले लो अच्छा रहेगा चौड़ाई पंद्रह मीटर है इनको अनुपात में चेंज करेंगे तो लंबाई तो लंबाई चौड़ाई के कितना आएगा? खान पीवीआर स्टडी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है भैया प्लेलिस्ट में है वहां से जाके देखिए मैंने कहा था कि कभी भी बकरी की जोड़ी गो, गोड़ा नहीं वो शेर बकरी की जोड़ी शेर के साथ नहीं लगती है मेरा तात्पर्य यह था कि जब रेशियो बदलते हैं अनुपात में इनको लिखते हैं जब भी तो उनकी राशि समान होनी चाहिए राशि समान होनी चाहिए अगर ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में होगा ये किलो में है तो ये भी किलो में हो ये इंच में है तो ये भी इंच में हो ये किलोमीटर में है तो ये भी किलोमीटर में हो अलग अलग में नहीं रहना चाहिए सब अनुपात में बदलते हैं तो तीन के में आपको पता है वन के में वन ग्राम होता है अगर आपको नहीं आता तो ये कन्वर्जन वाला वीडियो आप देख लीजिएगा उसमें मैंने सब कुछ पढ़ाया है आप YouTube पर सर्च करिएगा कन्वर्जन पी स्टडी डिटेल में ही वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल सकती है इसकी समझ लीजिएगा तो तीन के जी में भैया तीन हजार ग्राम होता है और ये पांच सौ ग्राम है तो रियल इसका जो क्वेश्चन बन रहा है वो ये है कि तीन ग्राम का पांच ग्राम से अनुपात निकालना है ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन है ये तो इसका मतलब क्या है तीन हजार बटे पांच सौ ना यही तो बनेगा दो जीरो से दो जीरो काट दो पाँच छंग तीस यानी छह अनुपातें एक ये इसका आंसर है बताइए इतना सभी को समझ में आ गया ना इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं कोई दिक्कत नहीं ना साथियों इस समय बहुत कम टाइम हमें मिल पा रहा है माफी चाहते हैं हमने कोशिश किया कि आपका क्लास जो है ऐसा ना जाए कि आज नहीं पढ़ाया गया है लेकिन बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है ठीक है मैं आपसे बता ही नहीं सकता हूँ पर्सनली और प्रोफेशनली लाइफ में क्या क्या लफड़ा होता रहता है तो वो सब भी झेलना पड़ता है तो इसलिए आज की क्लास आपकी बहुत छोटी चलेगी फ़िलहाल के लिए ठीक है माफी चाहता हूँ लेकिन 10 बजे फिर से मैं आऊँगा हमारी कोशिश होगी बाकी बहुत कुछ चल रहा है सब आप लोगों को अगर बता देंगे तो फिर आप लोग बेहोश हो जाएंगे क्या क्या चल रहा है ठीक है फिलहाल आज के लिए इतना ही बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को जुड़ने के लिए रात के 10 बजे से फिर से क्लास चलेगी ये क्लास का टाइम रात के 9 से 10 रोज होता है आज क्लास छोटी चल रही है इसके लिए माफी चाहते हैं लेकिन फिर हमारी कोशिश होगी सब कुछ अच्छा हो जाए बढ़िया हो जाए फिर आपकी क्लास बेहतरीन चलेगी